चाल चेहरा और चरित्र का नारा देने वाली पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जब अपनी मर्यादा भूल जाते हैं तो यह पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति बन जाती है ऐसा ही मामला छिंदवाड़ा के सौंसर विधानसभा में देखने को मिला जहां मध्य प्रदेश शासन के पूर्व शिक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नाना भाऊ मोहोड़ ने अपना सत्तरवा जन्मदिन मनाया नाना भाऊ मंच से परोसी जा रही अश्लीलता का आनंद लेते नजर आए वही अब वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है छिंदवाड़ा में पूर्व मंत्री नाना भा मोहोड़ का सत्तरवा जन्मदिन मनाते हुए कई भाजपा नेता भी जवानी की मस्ती में मशगूल दिखे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के बैनर तले आयोजन किया गया जिसमें जमकर फुहारता दिखी मोहोड़ के समर्थकों ने इस कार्यक्रम में नचनियों को बुलाया था महाराष्ट्र से बुलाई गई पांच बार बालाओं का डांस देखने के लिए पूर्व मंत्री सहित अनेक भाजपा नेता भी वहां पर पहुंचे आयोजन में क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चे और युवा शामिल थे इन सब की मौजूदगी और स्वयं भाजपा नेता नाना भाव मोहोड़ के मंच पर उपस्थित में जमकर अश्लीलता परोसी गई सौसर से हमारे गांव के लोगों ने भाइयों ने यह सूचित किया कि वहां के एक जनप्रतिनिधि पूर्व जनप्रतिनिधि जो की किसी एक संबंधित पार्टी के नेता हैं, ने, उन्होंने अपने जन्मदिन का जो उत्सव मनाया 5 दिसंबर को उस कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं का कर नृत्य करवाया जिसपे कि गांव के लोग बहुत आक्रोशित है और उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैं क्षेत्र में काम भी करती हूँ सामाजिक राजनैतिक और एक महिला हूँ इस बात की तो मुझे घोर आपत्ति है इसलिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ की जन्मदिन मनाना कहीं बुरी बात नहीं है जन्मदिन मनाए खुशी मनाए लोगों की शुभकामनाएं लें लेकिन किसी महिलाओं का नृत्य कराना ये बहुत खराब बात है सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है घटना की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा जहां एक और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है तो वहीं उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं को मंच से अश्लील फिल्मी गानों पर डांस कराते नजर आ रहे हैं नाचने वाली थिरकती रही और नेता पूरी अश्लीलता का आनंद लेते रहे कांग्रेस ने कहा नाना मोहोड़ को इस घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा नाना भाऊ मोहोड़ ने